गा नहीं दे रहा मैं गंदा ना हम बम उड़ा देंगे अरे जरा गंदा का तीन चिप वाला गंदे अब पेन करूंगा

हम तो रात में चिपकों, तो हम तो उन लोगों के ख़राब, नक्सली बला, बंदे, लोगों के बला, ले अपन एक चिपला चल गे, ले अपन हमारे तो नक्सली

I'm in rage. Uh uh uh uh, uh, uh, uh, uh.